अरे क्या बोल रहा है? अब वही बोल रहा है रहे नहीं पड़ा करता अरे अरे तो सही है। ये सर रुक ये फ रोज चाप चढ़ चुपकर चुपकर